आप सभी को प्रणाम हर्बल रेमिडीज़ में आपका स्वागत है मित्रों आपको पता होगा कि टाइफाइड का जो फीवर होता है उसके निराकरण के लिए विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक्स और एनाल्जेसिक्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं और जब कभी हमें पुराने से पुराना कफ ज्वर इस तरह की समस्याएं हो जाती हैं तो बहुत सारी एंटीबायोटिक्स का हमें सेवन करना पड़ता है तो आज हम जानेंगे कि किस प्रकार आप हर्बल रेमिडीज़ के माध्यम से इन बीमारियों का साधारण तरीके से घरों अपना इलाज कर सकते हैं और ये जो पौधा आप देख पा रहे हैं इसको खूब कला के नाम से जाना जाता है शायद ही कोई आयुर्वेद या यूनानी में कोई एडि मेडिसिन हो फीवर के लिए या कफ के लिए जिसमें ये डलता ना हो बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसनल प्लांट है लेकिन इसकी जानकारी ना होने के कारण हम इसके पूरे जो हेल्थ पोटेंशल है उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं अब हम जानेंगे इसको हम सिम्ब्रियम इरियो के नाम से साइंटिफिकली जानते हैं ब्रेसी किसी फैमिली का है इसको हेज मस्टर्ड भी कहते हैं और लंदन रॉकेट भी इसको ही कहा गया है इसके अंदर जो फ्लैनाइड ग्लाइकोसाइड एल्कोलाइड और फिनोलिक कंपाउंड पाए जाते हैं और इसके अंदर जो बीटा बीटासीटोस्टरोल और ग्लूकोसाइनोसाइनोलेट्स पाए जाते हैं जो कि बाद में मेटाबोलिज़म के बाद तैयार करते हैं विभिन्न प्रकार के आयसोथायोसाइनेट्स और वो आइसोथायोसाइनेट्स बहुत सारी एंटी एक्टिविटी अपने शो करते हैं इसमें कुर्सीटीन भी पाया जाता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट का कार्य भी करता है तो अब हम जानेंगे किस प्रकार से शरीर में वात पित्त शमन के लिए और कफ को निष्कार निष्कार करने के लिए तथा शरीर में बल को प्रदान करने के लिए इसको उपयोग करना चाहिए सबसे पहले आप दूध ले सकते हैं दूध में आप पाँच मिलीग्राम क्योंकि इसकी गर्म प्रकृति होती है उष्णवीरिय प्रकृति है तो आप 500 मिलीग्राम से ज़्यादा ना लें 500 मिलीग्राम लेने के बाद तीन नग इसमें बेर डाल लीजिए सूखे हुए बेर आते हैं और पाँच मुनक्का और तीन अंजीर लेकर इसको आप पका लीजिए अच्छे से और स्वाद अनुसार इसमें आप शक्कर डाल लीजिए इसको पीने से आपके शरीर में शक्ति बढ़ेगी और उस शक्ति से आप जो है विभिन्न प्रकार की जो मौसम बदलने के समय आपको जो बीमारियाँ हो जाती हैं इन्फ्लुंजा हो जाता है फीवर हो जाता है उससे आप साधारण रूप से इजीली निजात पा सकते हैं अब आपको पता होगा कि एक विस्फोटक ज्वर भी होता है जिसके अंदर क्या होता है कि शरीर के अंदर जब बुखार हो जाता है और शरीर के ऊपर विभिन्न प्रकार की पैचेज आ जाती हैं रेसिस बन जाते हैं जैसे कि मीजल्स के बुखार में होता है तो विस्फोटक ज्वर को एग्जेंथीमीटा भी कहा गया है इसमें आपको क्या करना है इसी तरह से जो आपको ये बनाने का तरीका बताया गया है आप इसका यूज़ कर सकते हैं इसके लिए क्या है कि गर्म प्रकृति होती है तो डायरेक्ट इस्तेमाल ना करने के बजाय इसको शहद मिलाकर इस्तेमाल करना ज़्यादा उचित रहेगा टाइफाइड के केस में अगर टाइफाइड हो गया है टाइफाइड को मंथर ज्वर भी कहते हैं इसका छः मिलीग्राम इसके जो बीज होते हैं जो इसके जो पौड आप देख रहे हैं बहुत छोटे छोटे बीज होते हैं जो कि लाल तथा हल्के ब्राउनिश कलर के होते हैं इन बीज के जब आप 600 मिलीग्राम ले लेंगे तो उसमें बराबर मात्रा में तुलसी के पत्रे डालने हैं तिरकट्टू का चून डालना है मुलेठी का चून लेना है और बनफ मिल जाए तो और भी अच्छा है उसको आप डालकर काढ़ा बना लीजिए और इसको पाँच ग्राम इसमें अमलतास और डाल लीजिए जिसके बाद क्या होगा कि आप इसको छान के रख लीजिए एक चौथाई जब ये रह जाए तो इसको छान के आप रख लीजिए आपको क्या करना है दिन में दो से तीन बार लेना है 10-10 ml, 8-8 घंटे के अंतराल के बाद धीरे धीरे टाइफाइड की समस्या दूर हो जाती है साथ ही साथ टाइफाइड के अलावा अगर स्वर भंग हो गया हो कई बार क्या होता है कि आवाज़ बोलने में स्पष्ट नहीं हो पाती है भाषा थोड़ी कंठ से जो स्वर हैं वो निकलते नहीं हैं और निकलते हैं तो आवाज़ बदल जाती है पुरुषों में भी कई बार महिलाओं जैसी बोलने में भाषा में आता है और कई बार जो है सांस लेने में भी दिक्कत होती है श्वास श्वसन संबंधी जो रोग होते हैं जो रेस्पायरेट्रैक्ट में ब्रोंकाइटिस के कारण भी होते हैं उसमें भी ये बहुत अच्छा कार्य करता है तो मैं कहूं कि टाइफाइड जीर्णकाश की समस्या और श्वास अवरोध श्वास अवरोध मतलब लेने में श्वास लेने में जो समस्या होती है उसके लिए आप इसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं इसी तरह से आपको इसका काढ़ा बना लेना है और दिन में तीन बार इसको लेना है आठ आठ घंटे के अंदराल के बाद साथियों ध्यान ये रखना है कि ये गर्म प्रकृति होती है ज़्यादा मात्रा में अगर आप इसको लेते हैं तो सर में दर्द भी होता था जिसको सिरसूल कहा गया है अगर ऐसी कोई स्थिति हो जाए तो गोंद कतीरेरे का सेवन करना चाहिए गोंदकतीरेरे की प्रकृति ठंडी होती है और इसकी प्रकृति को धीरे धीरे वो कम कर देता है इसके प्रभाव को धीरे धीरे कम कर देता है इसके अलावा यह लीवर और स्प्रिन के रेमिडिएशन में भी बहुत अच्छा कार्य करता है लीवर और स्प्रिन के रेमिडिएशन में, अच्छा में बहुत अच्छा कार्य करता है इसका एनाल जैसिक एंटी माइक्रोबियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं बहुत सेफली आप इसको यूज़ कर सकते हैं और अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए आपके उत्तम स्वास्थ्य के लिए आपके साथियों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए फिर मिलेंगे इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी का धन्यवाद प्रणाम साथियों इसके साथ साथ आप ये भी बता सकते हैं कि आपके क्षेत्र में इस प्लांट को किस नाम से जाना जाता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए फिर मिलेंगे धन्यवाद प्रणाम